महाभारत एक धर्म युद्ध था लेकिन महाविनाशक इसलिए लोग कृष्ण की शरण में जाकर अपनी सलामती और अपनी खुशी की दुआ मांगा करते थे बट ऐसे में मां कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा क्या आपको पता है सुनकर आश्चर्य जरूर होगा मां कुंती ने कृष्ण से कहा हे केशव आप मुझे इतना दुख देना कि मैं उसे सहन कर पाऊं क्योंकि इस महाविनाश युद्ध के बाद मैं सुख की अनुभूति करना चाहती हूँ गीता के इस अध्याय का सार बस इतना है कि अगर आपकी जिंदगी में कष्ट है ना तो समझ जाइए खुशियां किसी भी पल आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है अगर यकीन ना हो तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए रिजल्ट खुद ब खुद सामने नजर आ जाएगा